हरियाणा के गुरुग्राम में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है रविवार की देर रात एक मालगाड़ी की धमक से सात वाले ट्रैक पर खड़ी दूसरी मालगाड़ी के गार्ड की बोगी खुद चल पड़ी कुछ देर आगे चलने के बाद वह मालगाड़ी से टकरा गई हालांकि इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है सूचना के बाद रेलवे और जी के अधिकारी मौके पर पहुंचे रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है आपको बता दें की घटना रविवार देर रात एक पर गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के नजदीक हुई यहाँ रेलवे ट्रैक पर मारुति की गाड़ियों से लोड एक मालगाड़ी पहुंची थी इस मालगाड़ी की धमक से दूसरे ट्रैक पर खड़े मालगाड़ी के गार्ड का कोच अपने आप चलकर पट्टी से नीचे उतर गया इसे पत्थरों से रोका गया था जिसमें गुटका नहीं लगाया गया था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ एसएलआर एल मारुति की गाड़ी से लोड खड़ी मालगाड़ी से जा टकराया जी की जांच के अधिकारी बाबूलाल ने बताया की एक लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी दूसरी लाइन पर मुर्दा के पास दूसरी मालगाड़ी खड़ी थी मामले में रेलवे के अधिकारी जांच कर रहे हैं दूसरी ओर मालगाड़ी से टकराई बोगी को भी हटाने का काम किया जा रहा है